बिसमीम अल्ल ने हम लोगों से एक सच बोला वो सच ये बोला कि आपको मरना है या यूँ नास तुम फिर भी मनबास ए लोगों मरने के बाद सिर्फ़ तुम्हारा जिसम ज़ाया होता है तुम्हारे जिसम को कीड़े मकोड़े खाते हैं मिट्टी में आपका जिसम मिल जाता है लेकिन आपकी जो रूह है वो जाया नहीं होती है बल्कि वो अल्लाह के यहाँ याम अरवा में पहुँच जाती है और उस रूह को जैसे जिसने आमाल करे वैसे ही उसके साथ उसको बदला दिया जाता है तो हमें ये सच क्या होता है थोड़ा सा कड़वा मालूम होता है हम ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है इंसान तो मरने के बाद मिट्टी हो जाता है तो अल्लाह अपनी कुदरत के दलाल देता है कि देखो तुम्हें हमारी कुदरत पर यकीन नहीं आता है तो पहले तुम अपने वजूद ही देख लो तुम्मा जान लाु फ़तन फ़ीरार्मकिन हमने तुमको एक नुतफ़े से बनाया मिट्टी से बनाया वलकनसान तुम्मा जान लात फ़तन फ़ीरारकिन हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया तुम्मा जान्लाुत फ़तन फ़ीर मकिन फिर हमने उस मनी के कतरे को माँ के पेट में ठहरा दिया तुम्ह खनफ़ा अलगा फिर हमने उस नुफ़े को जमा हुआ खून बनाया फ़लकन आल का मुशा फिर उस जमे व ख़ून को एक लोथड़ा बनाया एदाम फिर उस लोथड़े को हमने हड्डियों में तब्दील कर दियालकन आकर फिर गोश्त बना दिया उन हड्डियों के ऊपर फतबा रगल हसनखलिन फिर ने आपको ऐसी अठान दी कि वो एक दूसरी मखलूक बन कर खड़ी हो गई वो एक दूसरी मखलूक इस माँ के पेट से निकल कर एक इंसान आ गया जिसको हम लोग इंसान कहते हैं तो अल्लाह अपनी कुदरत के कैसे दलाइल करता अल्ला कहता है अल्लाह कहते हैं फीज मातलास वो तीन तीन अंधेरियों में अल्लाह आपकी पैदाइश करता है आपके हाथों को बनाता आपके कानों को बनाता आपके दिल को बनाता आपके जिगर को बनाता आपके हाथों को बनाता है इसी अंधेरी कोठरी में क्या करता है अल्लाह आपकी शक्ल को भी बनाता कैसी उसकी एडजस्टमेंट है उसने आंखें देखो कैसी बनाई है इन आंखों से ना तो एक आंख जरा गड़बड़ है ना ही एक जरा आंख कम देख सकती है बल्कि दोनों आंखें आपकी बराबर देखती हैं इसी माँ के अंधेरा जो माँ का पेट होता है ना उसमें कितना अंधेरा अल्लाह कहते हैं फीसला तीन तीन अंधेरा एक तो रहम की झिल्ली दूसरी माँ की खो मा की खाल उसके अंदर फिर और अंधेरा तो इन तीन तीन अंधेरियों में अल्लाह बनाता है जबकि वहां कोई डेंट पेंट करने वाला नहीं है कोई वहां मजदूर नहीं बैठा कोई इंजीनियर नहीं बैठा जो आपके हाथों तो पैरों को जोड़ रहा है जो आपके कानों को बना रहा है लेकिन हमारा अल्लाह साथ में आसमान पर बैठ कर इन सारी चीजों को बनी कंस्ट्रक्शन करता है तो तुम्हारे भाई आपको यकीन नहीं हो रहा कि अल्लाह आपको कैसे मरने के बाद दोबारा जिंदा करता तो अल्लाह आपको बता रहा है कि देखो तुम अपना वजूद ही देख लो तुम क्या थे कुछ नहीं थे हमने एक गंदे पानी से तुमको इतना खूबसूरत सा इंसान बना दिया फिर उस माँ की छातियों में तुम्हारा रिस्क भेज दिया चश्मे जारी कर दिए फिर क्या करा फिर अल्लाह ने आपको जवानी दे दी आपको इस सारी नियामतें अदा कर दी फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमको यकीनन तुमको मौत आएगी मौत के बाद हम तुमको दोबारा जिंदा करेंगे तुम्मा नकुम बागून तुम्मा नकुम यौम क्यामतीसून और क्यामत किरेन हम तुमको दोबारा एक इंसान बनाएंगे क्या गुमान करते हो या सबुलान्स नजमा अगामा क्या आप सोचते हो क्या आपको ऐसी छोड़ दिया जाएगा नहीं नहीं बला नाला बनाना वो तो आपके एक एक पोर को ठीक कर देगा हम किस गुमान में अब यह हमें सच क्या होता है कड़वा मालूम होता है लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दी है, दलाइल बताए तो हमें मालूम चला कि मेरा भाई हम मरेंगे और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे अब हमें क्या हुआ ये सच थोड़ा सा मीठा लगने लगा लगने लगा हम सोच रहे कि चलो मर के मिट्टी नहीं होते हैं बल्कि फिर से ज़िंदा हो जाते हैं वहाँ भी लाइफ को इन्जॉय करेंगे बल्कि नहीं वहाँ जो सबसे मुश्किल जो सच बोला ना वो बहुत कड़वा है वो ये बोला तुम्मा लतुसल्नयउमअल नईम वहाँ जो पूछ गच होगी ना वो यही होगी कि आप आपको कौन कौन सी जो हमने नमतें दी थीं उन न्यामतों का कितना आपने शुक्र अदा करा इसकी सबसे पूछ होगी सबसे पहले इसी की पूछ होगी न्यामतों के बारे में कि इतनी सारी हमने तुमको नमतें दी ये नमतें कैसे तुमने इस्तेमाल करी सारी चीज़ें बतलाई जाएँगी अल्लाह ने आपके जिस्म को बनाया आपके सर को बनाया जरा सर को देखिए कि अल्लाह ने कैसा मुद्दर गोल और खूबसूरत आपके सर को बनाया इस, इसी सर में अल्लाह ने पूरे जिस्म के कीमती खजाने भी छिपा रखे हैं इंसान का सर पचपन हड्डियों से जुड़ा हुआ तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से अलग हैं सबकी शक्लें अलग अलग हैं छे हड्डियाँ खोपड़ी के हिस्से में है और चौबीस ऊपर के जबड़े में और दो नीचे के जबड़े में हैं, बाकी दांत में इन तमाम को हुसन तरतीब के साथ जोड़ कर एक खूबसूरत अल्लाह ने शक्ल बनाई गौर तो करो उसकी कारीगरी कितनी ज़बरदस्त है तो वो अल्लाह बच्चे की कंस्ट्रक्शन से लेकर जवानी तक पहुँचाने में तरतीब से एक एक तरतीब से अल्लाह आपको ये सारा काम करके दिखा सकता है तो फिर वो मरने के बाद दोबारा क्यों नहीं जिंदा करके दिखा सकता यकीनन वो हमको दोबारा ज़िंदा करे और हमें उसकी तैयारी करना है। तो अल्लाह ने कैसा मुद्बर गोल और ख़ूबसूरत हमारे सर को बनाया हमारी आँखें कितनी अहम है कैसी अल्लाह ने माँ के पेट में उस अंधेरे में कैसी आँखों की एडजस्टमेंट रखी ये आँखें ना ज़्यादा कम देखती हैं ये ये भी नहीं हो सकता कि ये एक आंख ज़्यादा देख रही ये आंख कम देख रही बल्कि दोनों आंखें हमारी बराबर देख रही हैं कैसी उसकी ज़बरदस्त कुदरत तो होगी कितनी अहम कारीगरी है उसकी कि उस अंधेरे में कैसे उसने इन आँखों को फिट कर दिया कोई अंधेरे में कैमरे को फिट कर सकता नहीं लेकिन उस अल्लाह ने इन्हीं अंधेरों में हमारी कैमरों को फिट कर दिया और ये कैमरे इतने लेंस के होते हैं कितनी तेज़ी के साथ कितनी दूर काम देख लेते हैं फट से फट नजर नज़र दौड़ जाती है हमारी सोचो तो सही तो ये आँखें हमारे लिए कितनी बड़ी नामतें अगर ये आँखें हमसे छीन ली जाएं अल्लाह कहे कि हम ये तुमसे वापस ले लेते हैं आप कहोगे नहीं लाखों रुपये ले लो करोड़ों रुपये ले लो अल्लाह मुझे ये न्यामतें वापस कर दो जिसके पास आज आंख जैसी नमत नहीं है उनसे पूछो कितनी क़दर है इन आँखों की कितनी बड़ी नमत है आँखें हमारी अभी अगर ज़रा सा कुछ हो जाए आँखों में कुछ भी हो जाए और हमें दिखाई ना दे कोई डॉक्टर आए तो आपसे वो तीन करोड़ मांगेगा आप तीन करोड़ दे दोगे आप कहोगे हम फुटपाथ पर लेट जाएँगे हम मजदूरी करके खाना खा लेंगे लेकिन हमारी हाँ हमारी आँखों को दोबारा ठीक कर दो तो आप उतना रुपया खर्च कर सकते हो तो मेरे भाई ये आँखें हमें अल्लाह ने ऐसी अदा कर दी कोई हमसे इसका मुआवजा नहीं मांगा जा रहा कोई हमसे इसके बदले में पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं बस क्या अल्लाह कहता है कि तुम इन आँखों की शुक्रगुजारी कर लो इन्हीं आँखों से क्या करो अपने माँ बाप को देखो इन्हीं आँखों से अपनी बेटी को देखो इन्हीं आँखों से खाला को देखो इन्हीं आँखों से अपनी फुफी को देखो इन्हीं आँखों से अपने भतीजे को देखो इन्हीं आँखों से अपनी भांजी को देखो इन्हीं आँखों से अपनी बहन को देखो ये सारी न्यामतें इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी रिश्तेदार हैं गैर महरम है आपके लिए नहीं देखना धोखे में अगर पड़ भी गई नज़र तो दोबारा उसके ऊपर नज़र नहीं डालना कोई अगर औरत गुज़र रही है और आपका दिल मायल हो रहा उसकी तरफ आपको बचाना है अल्लाह के खौफ से अपने आप को डराना अपनी नज़रों को झुकाना ये उसकी न्यामत है आज देखें हम सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें रातों में देख रहे हैं हम ये अल्लाह की न्यामत का शुक्र गुज़ारी कर रहे हैं बिल्कुल नहीं मोबाइलों पे या कंप्यूटरों पे बैठ के क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं सोच सकते हैं अगर अल्लाह हमसे ये न्यामतें वापस ले ले कि हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं नहीं तो जिस अल्लाह ने हमें ये आँखें दी हैं वो अल्लाह कह रहे हैं बरा दा लि गुलाद हम देख रहे हैं कि ये हमारी आंखों का शुक्रगुजारी शुक्र नहीं कर रहे हैं हमने जो इनको नियमतें दी हैं वो इनकी शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हैं बल्कि खयानत कर रहे हैं तो अल्लाह कहते हैं फमनगा बरादा लिखपुलाद यकीन हम इनसे बदला लेंगे और इनसे इंतकाम लेंगे ये हमारी हदों को तोड़ रहे हैं यह हमारी हदों को पार करते चले जा रहा है हमारी आंखों का शुक्र गुज़ार नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई जो भी हम गुनाह करते हैं इन आँखों से बस खाली अल्लाह की कुदरत को देखिए अल्लाह की कुदरत को पहचानिए इन आँखों से पहाड़ों को देखिए पेड़ों को देखिए एक एक चीज़ों को देखिए जिसमें अपने रब का वजूद दिखाई देता है लेकिन अल्लाह ने कहा है कि इन आँखों से बेहयाई वाली चीज़ें नहीं देखना तो नहीं देखना देखो जो अक्लमंद होता है वो इन बातों को मान लेता है वो कहता है इतनी सारी नियमतें हैं इतनी सारी चीज़ें हैं अगर एक दो को हम छोड़ देंगे तो ठीक है और बेवकूफ़ कहता है, नहीं है, हम वो एक दो को बड़े शौक़ से करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे तो मेरे भाई अकलमंद आदमी इन दो तीन चीज़ों को छोड़ देता है वह अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए कि अल्लाह हमें वहाँ ऐसी ऐसी हुर देगा जिससे हम बच जाएंगे अगर हम दुनिया में अपनी बचकर ज़िंदगी गुजारेंगे बेहयाई से बच के अपनी ज़िंदगी काटेंगे गुनाहों से आँखों की बुराइयों से अपनी हटकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें अल्लाह क्या करेगा बेहतरीन से बेहतरीन इनामत दे रहा है जन्नत में कैसी कैसी औरतों से हमारी मुलाकात करवाएगा कैसी कैसी औरतें हमें हमें हूरे अता करेगा तो मेरे भाई ये नमत है उसकी शुक्र करना है सोचो अल्लाह ने मेरे भाई ये कानों को कैसे ज़बरदस्त बनाया कैसे ज़बरदस्त बनाया ये कानें ये कान हमारे देखो दोनों दोनों के दोनों कैसे हमारी आवाज़ों को सुनते हैं कैसे उसकी एडजस्टमेंट रखी अल्लाह ने उस माँ के पेट के अंधेरे में कैसी ज़बरदस्त ताकत है उसकी सोचो तो ज़रा सही कि हमारे ना ये वाला कान ज़्यादा सुनता है ना वो वाला काम कान जो है कम सुनता है बल्कि बराबर से तो अल्लाह ने कैसी ज़बरदस्त दो चीज़ों के बराबर ऐसी कुदरत अपनी रखी कि इन कानों से हम सुन रहे हैं जो एक साइंसदान था जो रिसर्च कर रहा था कान के ऊपर तो वो कान को जब अंदर और घुसा कि उन्हें देखा कि इस इंसान जो है कान से सुनता कैसे तो इंसान की जो लहरें निकलती हैं उन्हीं लहरों से ही आवाज़ बनती है और इससे इंसान सुनता है तो वो जब रिसर्च कर रहा था तो थोड़ा और तहक़ीक़त के अंदर पहुँचा तो जब देखा कि उसने इतना पेचीदा सिस्टम है तो वो बेहोश हो गया और उसके मुंह पे जो एक लफ्ज़ था वो यही निकला था कि जिस अल्लाह ने इंसान को इतना ज़बरदस्त सुनने वाला बनाया वो अल्लाह कितना सुनने वाला होगा उसके पास कितनी सुनने वाली वो है ताकत तो वो है मतलब बेहोश हो गए थे तो वो गैर मुस्लिम था सोचो तो सही कि अल्लाह ने कैसी ज़बरदस्त ताकत देकर ये सारी नामतें दी हैं और इन नमतों की शुक्रगुज़ारी क्या है अगर अल्लाह हमसे ये छीन ले नहमतें कानों से सुनने की ताकत छीन ले क्या कोई और है जो इन ताकतों को बहाल कर दे कोई नहीं मेरे भाई अगर अल्लाह हमसे ये सारी चीज़ें वापस ले ले आप कहोगे अल्लाह मुझे वापस कर दे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए तो उसकी शुक्रगुज़ारी करना ये हमें कान मिले हैं इसकी शुक्रगुज़ारी करना इसकी शुक्रगुजारी क्या मेरे भाई इस कानों से गालियाँ ना सुने ना सुने इस कानों से अल्लाह की बड़ाई सुने इस कानों से लोगों की ईबतें ना सुने इस कानों से लोगों की चुगली मत सुने ये उसकी हिफाजत है ये उसकी शुक्र गुज़ारी है तो मेरे भाई कैसी कैसी ज़बरदस्त उसने चीज़ें बनाई हैं इसी तरह उस अल्लाह ने हमारी ज़बान को बनाया ताकि ये ज़बान क्या करे ज़बान की मैं कुदरत देखू अल्लाह की कि जबान में तीन हज़ार खाने हैं तीन हज़ार छोटे छोटे खाने हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं बल्कि होते हैं जो हमें क्या करते हैं जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमें मज़ा बताते हैं देखो ज़बान को अल्लाह ने कैसी उसकी एडजस्टमेंट रखी है कि हम जो बोल रहे हैं जब हम खाना खाते हैं तो ये ज़बान कभी दांतों के नीचे नहीं आती है जिससे कि जबान कट जाए हमारी कैसी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट रखी है उसकी कितनी हमतों से बनाया हम लोगों को ज़रा खोपड़ी तो लगाओ वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं लगा रहे तो जवान देखो ये एक गोश्त है गोश्त का टुकड़ा ही तो है और ये हमारी पूरी बॉडी क्या है गोश्त है लेकिन बताओ अगर हाथ पे कोई चीज़ रखो तो हाथ हमें क्या बताएगी खाली ठंडा है या गर्म है लेकिन अल्लाह ने क्या चीज़ जवान के अंदर रख के बनाया कि जवान हमारी अगर कोई चीज़ रख दो बाल ही रख दो तो फ़ौर महसूस कर लेती कि यार ये बाल है ऐसी ज़बरदस्त ताकत देकर इस गोश्त के टुकड़े को बनाया तो जब हम खाना जैसे ही अपनी ज़बान पर रखते हैं तो मिनट में सेकंड होने से पहले ही वो सारी चीज़ें ज़बान हमारी बता देती कि इसमें कितना नमक है इसमें कितना टेस्ट है इसमें कितनी चीज़ें ज़्यादा है इसमें कितना कड़वा है कितना इसका लजीज है हर चीज़ मिनट में बता देती है बताओ कोई ऐसी मशीन है क्या लगे हुए जबान में कोई आलात लगे हुए काटो तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन कैसी अल्लाह ने अजीब हमत से हम लोगों को बनाया कैसी उसकी ज़बरदस्त न्यामत मिली हम लोगों को कि हम इसी ज़बान से क्या करते हैं ज़ायक़ा भी चखते हैं मज़ेदार चीज़ें भी खाते हैं जो उसने हलाल चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ें हम खाते हैं तो अल्लाह कहता है हमारी इन नामतों की शुक्रगुज़ारी करो जबान की शुक्रगुज़ारी क्या करना है उसकी शक्र गुज़ारी ये करना है कि हमें कोई नशे आवर चीज़ें नहीं खाना है हमें शराब नहीं पीना ये हमारे लिए ठीक नहीं है हमें Eh. कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाना जिससे हमारा दिमाग क्या होता नशा होता या ऐसी कोई चीज़ खाना जिससे हम अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हो अपने आप को ही खुदकशी कर रहे हो ऐसी कोई चीज़ नहीं तो इस जबान से क्या क्या चीज़ें बना दी अल्लाह ने परिंदों को बनाया कि परिंदों को खाओ जाओ बटेर को खाओ तीतर को खाओ हर एक चीज़ को खाओ कैसी कैसी चीज़ें बना दी फिर हम लोग देखो क्या क्या इंसानों की खुराक देखो एक शेर की खुराक क्या कच्चा गोश्त है उसके अलावा कुछ नहीं बकरी की खुराक घास है और क्या और कुछ है लेकिन इंसानों की खुराकें अल्लाह ने एक नहीं बनाई जमा नहीं करा बल्कि निरी चीज़ें देखो अगर हम गोश्त खाएँ गोश्त में हम शी कबाब और भी बहुत सारी चीज़ें बड़े से बड़ा टेस्टी खाना बना बना के खाते हैं अल्लाह ने इन सब चीज़ों से हमें नहीं रोका एक से एक चीज़ हमारे लिए बड़ा जानवर है उसका मज़ा अलग है भेड़ है उसका मज़ा अलग है दुम्बा है उसका मज़ा अलग है बकरी है उसका मज़ा अलग है बकरा है उसका मज़ा अलग है मुर्गा है उसका मज़ा अलग है मुर्गी है उसका मज़ा अलग है इतनी सारी चीज़ें फिर उसमें देखो हम क्या क्या बना के खाते हैं कहीं बिरयानी तो कहीं सरिया कई मछलियाँ देखो कितनी कस्म की मछलियाँ हैं कई ढाँगर मछली कहीं और मछली निरी मछलियों में मछली फिर सबके ज़ायके अलग अलग ये सारी चीज़ें किस लिए हम ही इंसानों के लिए बनाए कि इससे इन सारी चीज़ें खाओ लेकिन इससे शराब मत पियो या और नशे आवर वाली चीज़ें मत खाओ तो ये हर एक एक चीज़ क्या है हमारे ऐबान तो हम बता रहे थे कि गोश्त का एक टुकड़ा है और कैसी ज़बरदस्त हमत से अल्लाह ने बनाया है कोई भी चीज़ रखो ज़बान के ऊपर तो मिनट से पहले ज़बान में सारी चीज़ें आ जाती दिमाग उसको कैच कर लेता बता देता कि ये क्या क्या चीज़ें कम है बताओ इसमें कोई मशीनें लगी हुई हैं नहीं लगी हुई हैं दुनिया में अगर आप लेबॉट्री में भी टेस्ट कराने जाएंगे वहाँ भी भी आपको रिपोर्ट तीन दिन में मिलती है या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे या एक दिन या 12 घंटे उससे पहले नहीं लेकिन अल्लाह ने हमारे यहाँ लेबॉट्री में कैसा टेस्ट करने का तरीका बता दिया ज़वान दे कैसी जबान की एडजस्टमेंट रखी है कि खाना भी खाते रहो बोलते भी रहो जबान के नीचे कटेगी नहीं कभी कभार धोखे में हो जाए तो हो जाए कैसी ज़बरदस्त हमतों से बनाया आँखें दीं कान दिए बालों को देखो अल्लाह ने कैसी ज़बरदस्त तरीके से बनाया अगर ये सोचो बाल हमारी खोपड़ी के ऊपर नहीं होते तो हमारी खोपड़ी क्या होती बिल्कुल बदसूरत लगती बाल देख हमें खूबसूरत अल्लाह ने बनाया देखो सोचो खोपड़ी के अंदर कोई बाल नहीं है अगर काट के देखोगे खोपड़ी के तो कोई बाल नहीं नज़र आएंगे सिर्फ़ उसके ऊपर बाल ही नज़र आ रहे हैं लेकिन जब हम काटते हैं तो यही बाल हमारे बड़े हो जाते हैं कैसी ज़बरदस्त उसकी कुदरत है किस हमतों से हमको बनाया हर एक एक चीज़ हमारे हर एक एक अज़ा यहाँ तक के खाने का सिस्टम मैदा हमारा फिर पेशाब फिर पाखाना ये सारी चीज़ें कितनी कुदरत और हिमत से हम लोगों को बनाया किस लिए बनाया ताकि इंसान हमारी न्यामतों की शुक्रगुज़ारी करे हम वो आज़माता है लियबलकुम अकुम अहसन वामला वो देखना चाहता है कि तुम कितने अच्छे अमल करते हो कितने बुरे कितनी हमारी शुक्रगुज़ारी करते हो कितनी हमारी नाशुक्री तो मेरे भाई कुछ चीज़ें अल्लाह के लिए जो चीज़ें अल्लाह ने बतलाई हैं रुकने के लिए उनसे मना करा गया उनको हमें नहीं करना और जो बतलाई गई हैं वही करना है तो अक्लमंद जो आदमी होता है वो इन सारी चीज़ों को मान लेता है वो कहता है एक दो चीज़ें छोड़ देते हैं अल्लाह के लिए और बेबकूब आदमी क्या करता है वो कहता है नहीं उन दो तीन चीज़ों को हम शौक़ से करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को करें कभी ना करें तो मेरे भाई अल्लाह हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है हमसे इसका कोई मुआवजा नहीं ले रहा है मेरे भाई दिल ही को देख लो कितनी ज़बरदस्त हिगमत से बनाए कैसे ये दिल हमारा काम करता कैसे सोचता है सोचो तो सही इसका कोई मुआवजा नहीं ले राम से बस खाली क्या इसकी शुक्रगुजारी कर रहा है वो भी कुछ भी नहीं है शुक्रगुजारी बस खाली मांगता है कि तुम देखो इस दिल में सिर्फ हमारी चाहते बसाओ हमारे प्यारे महबूब को बसाओ उसके तौर तरीके को अपनाओ और कुछ नहीं एक मैं वाक आप लोगों को सुनाऊ एक अस्सी साल बुजुर्ग थे जब उनके दिल का एक आपरेशन हुआ तो जब उनका बिल निकल कर आया आठ लाख का तो वो अपने जब बिल को देखा तो वो रोक रोने लगे उनकी आंखों से आंसू निकल जाए अश्क निकल जाए तो डॉक्टर ने जब उन बुज़ुर्ग को, को रोता हुआ देखा तो उनसे पूछा आप रो क्यों रहें अगर ये बिल ज़्यादा है तो मैं इसको कम करवा देता हूं तो वो बुज़ुर्ग बोले मैं रो तो इसलिए रहा हूँ मेरी आँखों में तो आँसू इसलिए आए हैं कि ये बिल हमारे लिए कोई ज़्यादा नहीं है अगर ये आठ लाख की जगह दस लाख भी होता ना तो हम पैसे देने की ताकत रखते हैं लेकिन आंसू तो सिर्फ़ इसलिए आए थे कि जिस अल्लाह ने 80 साल तक इस दिल की हिफाज़त करी उसने हमसे इसका कोई मुआवजा नहीं लिया कोई इसका बदला नहीं लिया आपने सिर्फ तीन घंटे हमारी हिफाजत करी और 8 लाख रुपए मांग लिए तो वो अल्लाह कितना मेहरबान है हमारा कितना ख्याल रखता है हम कितने गुनगार हैं तो मेरे भाई इन नमतों की शुक्र करना है और हमारी ये नहमतें एक दिन सारी की सारी हमसे छीन ली जाएंगी अभी ये हमारी न्यामतें कुछ ज़्यादा है। जब आदमी जवान होता तो उसकी नामतें कुछ ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं कान उसके तेज सुनते हैं नाकों नाक को हमने देखो बताया नहीं नाक को देखो अल्लाह ने कैसी ज़बरदस्त हमत से बनाया कैसे उसमें सूँगने की और ताकत रखी है कोई उसमें आले लगे हुए हैं कोई हमें कुछ दिख लिया उसमें बिल्कुल भी नहीं हम उससे सूँघ रहे हैं मज़ेदार चीज़ें सूँग रहे हैं उससे खुशबूएं सूंघ रहे हैं बदबू को भी बदबू महसूस कर रहे हैं तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें हमारी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। आज अगर हम जवान हैं तो ये हमारी जवानी भी ख़त्म अगर हम जो भी हुनर है हमारे पास वो धीमे धीमे करके सारा का सारा ख़त्म होता चला जाएगा और हम बढ़ रहे होंगे उस गड्ढे की तरफ हमारे यहाँ जितने भी लोग बयान सुन रहे हैं मेरे ख्याल से अभी आप लोग हैं कुछ दिनों बाद आप लोग यहाँ पर बैठे या लेटे नहीं रहेंगे बल्कि आप कहाँ बैठ लेटे होंगे कबरों के अंदर और वहीं आप लेटे होंगे तो मेरे भाई हमें वहाँ जाना है उस कबर में उस कबर की भी हमें कुछ ना कुछ तैयारी करना है देखो ये दुनिया फ़ानी है ये दुनिया की जिंदगी ये दुनिया की चमक दमक इंसान को ही गाफिल करती है आखिरत से बाकी कोई चीज़ें नहीं है यही गाफिल करती हैं हम लोग आज कितना बोलते रहते हैं कि एक दिन हम लोगों को मरना है मौत को कोई नहीं रोक सकता ये हम लोग कितना बोलते हैं बताओ जन जन्नत के हम लोग कितने किस्से सुनते हैं कि जन्नत में ये है जन्नत में वो है जन्नत में ऐसी ऐसी नहरें हैं लेकिन कुछ समझ में आता है कुछ नहीं क्योंकि हमें ये दुनिया की चमक दमक क्या करती इससे गाफिल कर देती बहरहाल कुछ मिनट के लिए तो हमें अफसोस होता है हम जब देखते हैं कि हम मुर्दे को दफनाने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डर होता है उस रब का लेकिन फिर इसी दुनिया में आ जाते हैं उसके बाद फिर हम उस दुनिया को भूल जाते हैं तो मेरे भाई अकलमंद आदमी वो है जो मौत से पहले मरने की तैयारी करे मेरे भाई वो दिन बड़ा ही ख़तरनाक दिन है अल्लाह कहते हैं यस अलया नोमक़्याम पूछता है क़यामत का दिन कब आएगा वफल कमर व जुमियाँ शम्स कमर उस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी चांद सूरज को भी जमा कर दिया जाएगा और आगे की जो आयतें हैं अल्लाह किस ज़बरदस्त तरीके से बतलाता है हम लोगों को तो मेरे भाई यजालबलदान शीबा वो कितना बड़ा मैदान महसर होगा और वहाँ हर एक, एक चीज़ को हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा तो मेरे भाई जो बच्चों को भी बूढ़ा कर देगी पचास हज़ार साल के बराबर वो दिन होगा तो मेरे भाई उस दिन आने की भी तो हमें पहले से तैयारी करना है करना या नहीं करना है फामा मनऊद ये किताब भी यमीनी जिसको सीधे हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो खुशी से चीखता हुआ जाएगा लोगों से कहता फिरता होगा कि देखो मैं कामयाब हो गया मैं कामयाब होगा और जिसको उल्टे हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो मेरे भाई नाकाम है वो अफसोस करेगा तो मेरे भाई वो कितना बड़ा दिन होगा हमने कितनी गुनाहगारियाँ करी हैं कितनी बदकारियाँ करी हैं तो मेरे भाई अल्लाह ताल से दुआ करो कि अल्लाह हम लोगों को इन सब बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाएँ वाफ़िर रब